हेलो फ्रेंड्स जय श्री कृष्णा राधे राधे नमस्ते गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग ईश्वर की कृपा से आज के दिन का शुभारंभ करते हैं चलो सीखते हैं हाउ टू प्रेडिक्ट मार्केट अब अजीब स्मृति का मोमेंट अगर मॉर्निंग में इतना फास्ट हो गया ये वहां तक पहुंच गया है पहुंच सकता है तो ये कितना पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करेगा काफी बड़ा मोमेंटम, 230 पॉइंट्स का मूवमेंट है एक अच्छा मूवमेंट है मूव इतने पॉइंट्स से मॉर्निंग में तो नहीं ले सकता ये तो आप भी जानते हैं तो 230 पॉइंट्स का इसका टारगेट निकल के आता है वैसे तो टारगेट इससे ऊपर का है लेकिन मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ 230 चलिए हम इसके डबल टारगेट्स भी निकालने की कोशिश करते हैं दो टारगेट क्या निकलते हैं तो फर्स्ट टारगेट तो आपके सामने ये है सेकेंड टारगेट के लिए मैं इसका एक क्लोन और बना लेता हूं दिस इज क्लोन और इस क्लोन के अकॉर्डिंग हम इसे यहां से लेते हैं तो ये हमारा सेकेंड टारगेट निकल के आ जाता है एक क्लोन इसका ले लेते हैं और इसे हम लगा देते हैं ये दो टारगेट पॉइंट हमारे पास निकल के आते हैं और फर्स्ट टारगेट के ऊपर ये और ये सेकंड टारगेट के ऊपर ये देखिए ये दो टारगेट हैं आपके सामने वन एंड टू अब इन दोनों टारगेट ये कब पूरा करता है मंडे को कर देगा क्या लगता है आपको चलिए उसका भी हम अब इसके टारगेट का वे क्या हो सकता है क्या वे बनेगा हम उसे डिफाइन करते हैं ये चीज तो हो गई कि इसने टारगेट अप लेना है मंडे अप टारगेट देना है तो अब ये किस तरह का मोमेंटम बना सकता है क्या डिजाइन हो सकती है यानी क्या चार्ट पैटर्न्स बनते हैं क्योंकि तो देखिये अब ये यहाँ से इसने जो ये इस तरह से मोमेंट लिया है तो ये इसकी एक डिजाइन इसने फॉलो की है यहां से यहाँ तक किस तरह से आया फिर ये अब गया उसके बाद इसने फिर यहाँ पे ये वेज का कंस्ट्रक्शन किया तो वेज का कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जब ये ब्रेकआउट देगा तब जाके फाइनल टाइट से अभी तो अपन ने अंदाजे से बना दिया है ठीक है चलिए मैं और कोशिश करता हूँ इसके अगले मूव की तो थोड़ा समय से और सिंक्रोनाइज़ कर लेता हूं। यस yes. मुझे कुछ दिखा फ्रेंड्स आप लोग भी देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको देखिए फ्रेंड्स ये यहां से डब्ल्यू पैटर्न परफॉर्म हो सकता है तो अब ये जब ये डब्ल्यू बनेगा तो ये इसकी दिशा में इस तरह से मूव करेगा देखिए ये अब इसने अपना ये पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न देना चलिए इस बड़ी वाली को तो हम डिलीट मारते हैं एक से ही काम चलाते हैं। एक तो पैटर्न परफॉर्म करेगा अब तक तो यू पैटर्न परफॉर्म करने के लिए देखिए वन एंड टू दोनों हैं। इसका ये मूवमेंट और इसका ये मूवमेंट दोनों पैडलर मूवमेंट दिए हैं इसने तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे पैडलर लाइन से लाइक like दिस ये हमने एक पैडलर लाइन ली इसको मैं बिल्कुल यहां से और ये लेता हूं अब इसको पैडलर में दूंगा ये आ गई इसको अब मैं ड्रॉ करता हूं ऊपर की तरफ यह लीजिए इसको थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं ये लीजिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं ये लीजिए देखिए वन टू हो गया तो इसके अकॉर्डिंग इस वाली लाइन को भी ऐसे ही चलना चाहिए राइट right? तो हमें क्या करना कुछ नहीं हमें अपने इस लाइन को इस लाइन से कनेक्ट कर देना देट्स ऑल ये मैंने इससे कनेक्ट किया इसको मैं और ऊपर बढ़ा देता हूं और इस लाइन को मैं इससे कनेक्ट कर देता तो ये मुझे एक हल्का सा मोमेंट यहां पे मिल जाता है एक मोमेंट तो मैंने ये कैप्चर किया ये मेरे अकॉर्डिंग है ऐसी मेरी सोच है और जो मुझे आइडियाज अभी ऊपर से मिल रहा है मैं उनके अकॉर्डिंग ही तो प्रडिक्ट करूंगा देखिए प्रडिक्ट करने के लिए सबको भगवान ने अपना अपना माइंड दिया है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन निकालते हैं मेरा जो मेरे को आइडियाज मिलते रहते हैं उनके अकॉर्डिंग ही मैं अपनी प्रिडिक्शन निकालता क्योंकि ये मेरी गाड़ी है इसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसका स्टेरिंग मेरे हाथों so में है सो देट स्टेयरिंग जिसके हाथ में होगा वही तो उसे दिशा देगा तो so, और जो भी प्रशन निकालते हैं मेरे भाई सबके अपने अपनी गाड़िया हैं, सबके अपने अपने स्टेयरिंग है सब जिसको जिधर जाना होता है उधर जाता है मतलब ऊपर वाला जिसको जो भी पॉइंट देगा वो उसी पॉइंट पे जाएगा किसी को प्रॉफिट देना है तो भगवान उसे वो प्रॉफिट वाली दिशा दे देगा वो उसी दिशा में अपनी प्रिडिक्शन निकालेगा सही बैठेगी सही जाएगी किसी को लॉस देना है तो फिर उसके दिमाग में वैसे ही प्रडिक्शन डाल देगा तो वो अपनी गाड़ी को खंडे में डाल देगा अभी डिपेंड करता है किसकी गाड़ी कहाँ कैसे जा रही है आप लोगों को आप लोग देखिए आप लोग व्यूवर्स है आप लोगों का जो व्यू है उसकी बात ही अलग है विवश दूर से इस रैली को देखता है एक तरह से कारवेज की जो रैली होती है उस तरह से प्रडिक्शन करने वालों की ये रैली है यूट्यूब पर और इस रैली के अंदर बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं उनमें एक गाड़ी मेरी की है आप देखने वाले आपने कि हा, की हाँ किसकी गाड़ी सही चल रही है किसकी गाड़ी को देखने में आनंद आ रहा हाँ यार ये गाड़ियाँ सही जा रही है बिल्कुल मेरे हिसाब से चल रही है मैं भी अपनी नजरें इस पर टिका के रखता हूँ बिल्कुल तो इस तरह का आपका मन लग जाता है किसी ना किसी एक में जो आपके सामने प्रडिक्शन देता है मेरा भी इससे पहले जो मैं भी प्रडिक्शन देखा करता था अपने प्रडिक्शन निकाल के फिर मैं कुछ जो मेरे पसंदीदा ट्रेडर है निकालने वाले उनकी देखता था था तो और और मैं अपनी का मैच करता था। और मैच करता कर गई यानी कि गण नक्षत्र मिल गए तो कर लो ब्याह यानी मान लो उसकी बात और कुछ अपनी थोड़ी उसकी थोड़ी अपनी दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के और फिर हम अपनी ट्रेड आगे बढ़ा सकते बस यही होता है और तो क्या है प्रडिक्शन इसीलिए देखी जाती है बाकी भैया गाड़ी तो आपकी है ना ना आप ये कर सकते हैं कि आपको तो मेरी गाड़ी की स्पीड वगैरह सब पसंद आ गया हाँ यार, यार ये गाड़ी सही है इसके पीछे चलेंगे तो फायदे में रहेंगे तो अलग जाओ भैया मेरे पीछे अगर आपको फायदा दिख रहा है तो मेरे पीछे लग जाओ यानी कि मुझे फॉलो करो और अगर आपको लगता है कि मेरी गाड़ी आगे जाए गड्ढे में गिरने वाली है इसके पीछे जाएंगे तो मर जाएंगे तो सीधी सी बात है भैया अपने ही दिमाग से चलना अपनी स्टेरिंग से चलना मेरे उस पे मत चलना मेरी गाड़ी में जो बैठ गया उससे तो मेरे साथ ही जीना और मरना और मेरी गाड़ी को जो फॉलो कर रहा है उसका भी वही अंजाम होना है यह है कि वो मेरे मरने से पहले अपनी गाड़ी रिवर्स कर सकता है सो देट चलिए आगे की प्रोडिक्शन हम निकालते हैं हाँ चाय तो पियेंगे एक काम करो थोड़ा चाय को थोड़ा सा और गर्म कर दो तब तक मैं थोड़ी सी प्रडिक्शन और निकाल लेता हूँ तो हम तो ले फर्स्ट हमने क्या काम किया हमने पहला काम किया ये एक ट्रायंगल बनाया यानी एक वेज हमने डिफाइन की प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग सेकंड हमने इसका मोमेंट किस तरफ होगा कैसे होगा वो डिफाइन करने की कोशिश की कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न ये देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा अब डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा तो एक काम और करते हैं डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट डिसाइड कर लेते हैं ये लीजिए ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न का ये पैस आ गया यस और इसको हम ब्लैक कर देते हैं यार हमने इसको ब्लैक कर दिया यानी इसको ब्रेक करेगा साथ में इसको भी ब्रेक करेगा बिल्कुल सही बात है तो हमें ट्रेड कहा लेनी चाहिए हमें ट्रेड लेनी चाहिए इस लाइन के ऊपर तो हम इस लाइन के ऊपर ट्रेड लेंगे और एक काम और करते हैं एक बॉक्स तैयार कर लाइक दिस बॉक्स में यहां से ड्रॉ करता हूं राइट और इस बॉक्स में एक लाइन और दे देता हूँ राइट यहां तक ले देते हैं ये हमारा और इस ब्लैक लाइन को मैं डिलीट मार देता अब आप हैं कि बॉक्स क्यों ड्रॉ हुआ चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ बॉक्स है हमारा तेरा पॉइंट का राइट अब हाँ हम कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं लेकिन निफ्टी के अंदर तेरा पॉइंट का स्टॉप लॉस काफी है वैसे पंद्रह पॉइंट का भी ले सकते हो चलिए थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं लेकिन बढ़ाने के लिए हमें ये भी देखना होगा ना इसका सपोर्टेंस क्या बैठ के आ रहा है चलिए थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड करते हैं जो आपको साफ साफ दिखाई दे ये लीजिए अब आपको ये साफ दिख रहा होगा तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम देखें हैं यहां से ये ये इस पॉइंट पे इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की ये देखिए यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस फिर ये रेजिस्टेंस ये एक पॉइंट है तो चलिए हमने इतना यहाँ पे इसको ले लिया तो होगा क्या हम जो ट्रेड लेंगे वो इस पॉइंट के ऊपर लेंगे वैसे तो ट्रेड हमारी जो भी जाएगी उसके ऊपर ही जाएगी एक मैं अनुमान बता रहा हूँ कि जिस आगे से जब भी हम इस तरह की किसी सिचुएशन का सामना करें तो उसमें हमें किस तरह से ट्रेड करनी ये मेरा व्यू है आप लोग जो, जो आपका व्यू हो आप उसे इस्तेमाल कीजिएगा कि जैसे मैं अभी इसे में हूँ मान लीजिए बैंक निफ्टी है या निफ्टी है और ये इस तरह से ट्रेड पोजिशन में है और मैं ट्रेड लेने के लिए इस पॉइंट से यानी इस पॉइंट को जैसे ही वो ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट भी लेता है भाई तो हमें इसके एक क्लॉन और बना ले हाँ, मेरी मम्मी थी चाय पीने आई है बिजी रहता हूं तो डांटती रहती हूँ ये हमने एक क्लोन ले लिया ये ले राइट अब इस क्लोन के अकॉर्डिंग दो हमारे पास बॉक्स हो गए एक तो हमारी एंट्री बनती है ब्रेकआउट होते ही हमने यहां से एंट्री ले ली सेकंड हमारा ये भी टेस्ट भी ले सकता है और थर्ड चीज जो हमें फॉलो करनी है वो क्या है थर्ड चीज जो हमें फॉलो करनी है थर्ड चीज हम ये फॉलो करेंगे फ्रेंड्स एक फिबोनाची ड्रॉ करें वो भी जरूरी है तो लीजिए हमें एक फिबोनाची कर लेनी चाहिए राइट तो हम एक फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं ये लीजिए इसे हम टॉप बनाते हैं और यहां से हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं इस लेवल यहां से ये यह हमने फिबोनाची भी ड्रॉ कर दी देखिए ये लाइनों के काटे कुटे तो मेरे चार्ट पे आपको बहुत सारे मिलेंगे अकॉर्डिंग अपना वर्क कर रहा हूं और मेरे लिए बहुत जरूरी बोज्य। अब जिसको लाइन ट्रेंड लाइन पे बुना चाहिए ये सब समझ में आता है ना गणित तो वो तो समझ रहा होगा और जिसे ये सारा गणित समझ में नहीं आता वो कंफ्यूज हो रहा है यार ये क्या कर रहा है यार काटा फूटा कर दिया इनमें क्या होगा आगे तो भाई ट्रेडिंग के इन नियमों को इनको सीखना बहुत जरूरी है जब सीख जाओगे ना तो बड़ा आनंद आएगा इसमें बड़ा मजा आएगा देखो तो जब तक नहीं सीखते तब तक नहीं सीखते जब सीख जाते हैं तो फिर सब वही करने लगते हैं तो ये हमारा फिबोनाची का लेवल हो गया अब फिबोनाची के लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं यहाँ पे वहा तो भाई ये गोल्डन लाइन आती है यहाँ पे ये इसका गोल्डन सपोर्ट आ रहा है फाइव एंड सिक्स तो अब मैं इस लाइन को डिलीट मार देता ठीक मुझे पता है कि ये गोल्डन सपोर्ट से रिट्रेस्ट लेगा तो अब मैं अपनी एंट्री 0.5 यानी फिर बना चाहिए इस गोल्डन लेवल के ऊपर ही मैंने एंट्री लेनी है मेरी एंट्री कहाँ से होगी गोल्डन लेवल से होगी बिल्कुल सही है तो माय एंट्री ये लीजिए मैं यहाँ पे अपना एंट्री पॉइंट डाल देता हूँ दिस इज माय एंट्री पॉइंट ये लो ई एन टी आर बाई ये हमारा एंट्री हो गया है तो ये मेरी एंट्री जो निकल के आती है पॉइंट ये आती है फिवनाची के इस लेवल से ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा यहां से निकलेगा ये और पिचुक तू पिचुकू करता हुआ ये इस तरह बढ़ेगा ये इसका डायरेक्शन डायरेक्शन इस ऑफ दिस से डायरेक्शन थोड़ा सा हम चेंज भी कर सकते हैं ये यहां से आ, थोड़ा नीचे करते हैं देखिए डायरेक्शन बनाना भी हमारे ऊपर है संभावनाओं पर तलाशते रहना तो ज्यादा ऊपर खींच दिया मैंने थोड़ी तो छोटी करनी पड़ेगी ये वेज बहुत बड़ी कर दी मैंने तो ना ओह हो ओहोहो तुट्टी बड़ी बना दी मैंने यार इतनी बड़ी की क्या आवश्यकता थी भाई 50 साल में पहुंचेगा माँ ये इतनी जी करके रखते ना यहाँ हाँ आप सही है ये ये मैं यहां से ले रहा हूं यार इसको उधर करते हैं तो इसका डायरेक्शन उसी तरह से जाएगा यार कह लीजिए डायरेक्शन निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा और वो जुगाड़ ये कहता है कि इस लाइन को टच करना जरूरी है और जब ये इस लाइन को टच कर रहा है तो इसका ऊपर से नीचे वाले के लिए भी जरूरी है ऊपर से ये नीचे की तरफ आ गया जहां आ गया तो ये यहाँ से तो थोड़ा और इधर ले लेते हैं अब ये देखो ये और ये दोनों बराबर आ रही न? और ये भी हो गई तो इस तरह से थोड़ा एडजस्ट करके सेटिंग तो करनी पड़ती है यस अब मेरा ये परफेक्ट बन गया लेकिन अभी भी मैं इसे परफेक्ट नहीं लिया सकता चलिए थोड़ी सी चाय पी लेता हूँ तो इस तरह से फ्रेंड्स तैयारी की जाती है सेटअप बैठाया जाता है कि हमें आगे किस तरह से ट्रेडिंग में आसानी रहेगी हमारे लिए आगे के मूवमेंट किस तरह रहेंगे क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं संभावनाएं है, संभावनाएं है, संभावनाएं संभावनाओं के ऊपर ही तो ये मार्केट चल रहा है चलता भी मार्केट खुद शो करता है कि मैं देखो इस तरह से चल रहा हूं ये मेरी चाल है पहचान सकते हो तो पहचान दो तो होना क्या है अब ये वेज हो गई ये चैनल हो गई एक ये चैनल है और एक पूरा इस चैनल में चल रहा है दो अपने पास कितनी एक तो बिग चैनल यानी बॉडी दूसरी ये चैनल यानी हैंड तीसरी ये चैनल यानी उंगली और ये बीच में शोल्डर कंधा बन गया बीच में शोल्डर की घुटने की हड्डी मार ली यहां से इसका मूवमेंट इधर निकल रहा है तेली का तो इस तरह से कुछ भी समझ सकते हैं हम इस समय हम क्या देख रहे हैं इस समय हम देख रहे हैं 30 मिनट्स की कैंडल के ऊपर लेकिन क्या हम प्ले 30 मिनट्स की कैंडल पे करेंगे बिल्कुल नहीं पंद्रह पे नहीं कर सकते तो अभी हमारी संभावना बनी है 30 मिनट्स की कैंडल के ऊपर और इसके ऊपर हमने अपना बिल्डिंग जमा लिया तो चलिए अब हम्म जाए भी रखा यार भाई नहीं बोलने तो कोई दिक्कत नहीं है समझ लेना कुछ ना कुछ कर रहा होगा सोचने में भी टाइम लगता है तो ये डब्ल्यू दिख रहा है ना आपको ये बॉक्स नहीं दिख रहा इसको थोड़ा सा डार्क कर ले अपन कैसा रहेगा ब्लैक ही मार गए हाँ अब ये देख है ना तो ये पॉइंट तो देखिये फ्रेंड्स जहा तक मेरा सोचना है मॉर्निंग तक क्लियर हो सकता है तो नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये ये इससे इससे इधर आउट नहीं जा सकता ज्यादा, बस ये यहीं पे थोड़ा ले ले लगा, फिर पे इतना करेगा ये जो लाइन है इस लाइन को अब ये क्रॉस नहीं करेगा इस लाइन को तो क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि यहां से यहां तक का इसने मूवमेंट दे दिया तो इस लाइन को क्रॉस करने का सवाल ही नहीं उठता ठीक है तो अब हम इसको ऐसा करते हैं फिफ्टीन मिनट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि फिफ्टीन मिनट पे ये कैसा दिख रहा है हम्म ये गिरा ये वेज इतना मोमेंट दिया फिर ये बड़ा इधर गया ये गिरा साइड वेज मोमेंट दिया ये बड़ा नीचे आया अब यहां से ये क्या करेगा यहां से ये पैसे निकलेगा हा से क्या करेगा एक और पैडल लाइन दिख गई मुझको ये दीजिए फ्रेंड्स एक और मैं यहाँ पे पैडल लाइन ड्रॉप करूंगा मेरे दिमाग में क्या है? कीड़ा बुल बुलाता रहता ये दीजिए मेरा दिमाग ऐसा ही है यार क्या रो? ये ये ये आ गया मेरा दिमाग का पीड़ा ठीक है और मेरे पीड़ा ने जो मुझे दिखलाया है वो फ्रेंड्स ये है राइट इसको थोड़ा सा मैं अलग कलर में ड्रॉ करता हूं डार्क ब्लू ओके तो एक चैनल ये मैंने छोटी सी ले ली है क्योंकि इसने इस चैनल के अंदर ही चला है यार से थोड़ा सा इस चैनल को अगर मैं हा ये ठीक रहेगा थोड़ा सा उसको स्पेस देना जरूरी होता तो चैनल में चैनल चैनल में चैनल देखिए जब तक ये ऐसी छोटी चैनलों में मार्केट चलता है ना तो आपको पैसा नहीं मिलता स्मॉल चैनल में अगर मार्केट चल रहा है ना तो कभी घुसना नहीं जब अब यहां जो घुसा कॉल पट, कॉल पट, कॉल पट कॉल पट पट कॉल कॉल कॉल कॉल लेकिन संभावना थी क्या यहीं पे पट पट पट पट पट पट पट पट यहीं पे नहीं बना माल तो यहां कैसे बनेगा तो ये फिर इसको सांस ले लेता है और भाग जाता है यहाँ पे आदमी हाफलेस हो जाता है इधर ट्रेड कर कर फिर वो यहाँ पे एंट्री लेता है इतनी दिखाई ट्रेड ये दिखाई है अरे दिखा यार जा रहा है तो यार यहाँ जाके आपने ट्रेड ले ली फिर क्या हुआ लग गया आपका काम ये ये भी नीचे गई थी यहां तक मर गई फिर आप मर गए निकल के भाग गए तो ऐसी छोटी चैनल में जब भी आप घुसते हो मरते ही मरते हो कारण क्या है पांच हजार दस हजार बारह हजार पंद्रह हजार बीस हजार बस जितना सही तो अमाउंट होता है हमारे पास छोटे छोटे जो इन्वेस्टर हैं ट्रेडर हैं यार पब्लिक सारी पब्लिक तो अमीर है नहीं यार यारोड़ी आप छोटे छोटे हैं यार और पैसा हमारी आवश्यकता है और थोड़ा बहुत तो हमें ट्रेड समझ में आता है तो हम घुस जाते हैं घुस जाते हैं तो मरते हैं मरते हम है ये शाश्वत सत्य है कि मरता मजदूर ही है मरता गरीब ही है शाश्वत सत्य क्यों देखिए क्या है मरना किसको होता है सैनिक तो राजा कभी मरता है नहीं सैनिक मरते हैं राजा नहीं मरता पिस्ता कौन है मजदूर बुर्ज खलीफा मजदूरों ने बनाया लेकिन बेचारे उसके प्रसप्शन में भी कदम नहीं रख सकते पाप पे जाने की तो बात ही अलग तो राज तो राजा ही करता है तो राज वही करेगा जिसके पास क्या होगा ज्ञान नॉलेज बुद्धि जानकारी क्योंकि तो जिसके पास ज्ञान है वो ही राज राजकर उसे ही प्राप्ति हो इस मार्केट में देखिए बिना नॉलेज के जो आदमी होता है ना वो ऐसी जगह कूदता फिरता वो अपने आप को शाना समझता हट ये नीचे आएगी मैं भूल जाऊंगा ये इस कोने को पकड़ेगी तो मैं नीचे कूद जाऊंगा कभी कभी स्कैल्पिंग के जरिए वो सफल होता है लेकिन इस रेंज में क्या होता है एक सफलता के साथ दूसरी असफलता जुड़ी होती है वो लपेटे में आ तो भाई लपेटे में आने से बचना जरूरी है ये लपेटा है ये ट्रैप है स्मॉल चैनल इज दिग ट्रैप इसमें कभी मत ये ये ये चाहे से से लंबी जा रही है, तो तो भी मत आप ये समझ लो ये चैनल यहां से यहां मान लो. मान तो क्या होगा? मजा आएगा आपको माल मिलेगा चलिए आपने यहाँ एंट्री ली प्राइस यहाँ पहुंचगा क्या मिला आपको बाबा जी का टुल्लु भाई ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे करते हुए जब प्राइस चलेगा तो टाइम डी के नहीं खा जाएगा आप खाएगा नहीं खाएगा बताओ टाइम डी के आपको कमाने ही नहीं देगा तो इससे अच्छा ट्रेड बंद करके आनंद लो ना यार देखते रहो साफ साफ बोल रहा हूं छोटे चैनल में कभी भी एंट्री नहीं लेनी चैनल के ब्रेक होने पर और अगर वो रीटेस्ट ले रहा है तो वो भी लेना ब्रेक होते ही एंट्री नहीं ले ब्रेक होने के साथ अगर वो कैंडल बड़ी है कैंडल की साइज देखो तो इतनी बनी जैसे ही ब्रेक के साथ कैंडल की साइज इतनी बनी चलो ब्रेक के साथ एंट्री ले लो हंड्रेड ए, इतनी सी कैंडल की हाइट होती है ना इतनी यहाँ से इसने ब्रेक दिया इतनी सी हाइट बनी खटाक से एंट्री लो अब क्या करना है अब कैंडल बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते जैसे इतनी हाइट को पकड़े यहां से यहां तक की हाइट एक ही कैंडल ने दे दी यहां से निकल के पक् से यहां तक आई और यहां आके रुकी इसी से एग्जिट कर, इस कर जाओ दिस इज स्कॉल्पियो बुक पढ़ लो उतना प्रॉफिट आनंद आ जाएगा मजा आ जाएगा बल्ले बल्ले हो जाएगी पड़ना थोड़ी देर में तक से वो नीचे फिर, फिर उसके बाद उसका मोमेंटम धीरे धीरे चालू तो फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट होती है ना ब्रेकआउट कैंडल हंड्रेड परसेंट पड़ी हो भी जाते तो ब्रेकआउट कैंडल जो होती है उसको स्कल्पिंग की नजर से खेला जाता है तो जब भी कोई ब्रेकआउट कैंडल दिखे तो ये इसने मारा एंट्री भी ले लो और एग्जिट के लिए भी तैयार हो फटाख से उसी समय यह आपकी एंट्री और एग्जिट पोजीशन बना के रेडी हो गए और अगर ये बढ़ रही है बढ़ बढ़ बढ़ बढ़ बढ़ रही रही रही रही रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है टाइम भी देख लो इधर साइड में टाइम भी देखो यहाँ पे टाइम चलता रहता है ठीक है तो जब तक टाइम लगता है चलो लेकिन जैसे ही बढ़ते बढ़ते लेकिन ये भी ध्यान रखो कितनी इसने कौन कौन सा लेवल किया, इसको किया को, अब ये तो ये मर जाएगी तो ये आपको अंदाजा होना चाहिए इतनी बन गई है उधर आपके मोबाइल में पैसे भी बहुत सारे दिख रहे है यहाँ पे रुकी है भाई निकल ले जो मिला उसको लेके खटक लालच मत को खट एग्जेक्ट तो ये आपकी सिचुएशन बन गई अब इसी के अंदर चलिए मैं आप लोगों को कुछ और दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं क्या है यार देखता रहता हूं लो मैंने एक गुलाब जामुन और देख लिया आप लोगों ने सोचा होगा यार ये क्या आदमी है यार कैसे कैसे गुलाब जामुन लिखा रहा हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा इसको है इसको गुलाब जामुन दिख गया भाई मैं मैं कह तो रहा हूं? मेरे को जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं ना मैं उसी दिशा में चलता हूँ भाई ओला कार है ओला पे इंस्ट्रक्शन आया साहब हमारे मोबाइल पे इंस्ट्रक्शन आया गूगल मैप का इस दिशा में आपको आगे बढ़ना है तो ये ये वाली कार में चला रहा हूँ ना मुझे यहाँ पे जो मेरे मोबाइल पे इंस्ट्रक्शन आया होगा मैं उसी दिशा में आगे बढ़ूंगा तो देखो मेरे मोबाइल पे क्या आया मैं दिखाऊ तुम तो मेरे मोबाइल पे आया आगे से चैनल पकड़िए यस सर पकड़ते हैं नीचे से पकड़िए पहले यहां से यस सर पकड़ते हैं यहां से पकड़िए ये ठाक पकड़ ली आस पर पकड़ ली थोड़ा सा ऊपर कीजिए इस चैनल को यहाँ पे क्या दिखा ये लीजिए क्लॉज बढ़ाइए बढ़ाइए यहाँ पे यहाँ पे यहां, पे, यहां पे। तो भाई इस चैनल को किस साइड बढ़ना है ये हमको डिसाइड करना है तो एक चैनल आपकी ये बनती है छोटी स्मार्ट चैनल अब इसको थोड़ा सा बिक करेंगे तो, तो देखिए इसकी मिडिल चैनल की दिख रही है इसको ले ये इसको लाइन आपकी चैनल की तो इससे ये यहां से कनेक्ट होती है मिडिल ये पंद्रह मिनट का है इतना बड़ा मोमेंटम हमें कैप्चर नहीं करना क्योंकि मार्केट इतना फास्ट मूव नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे मैंने लॉकडी कर देखिये एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, ये ये रेड वाली ऊपर निकल गई उसको जाने तो हमें उससे फॉलो नहीं करना क्योंकि इसके बाद वाली है सारी छोटी छोटी हम तो इसे और छोटा कर सकते हैं दिस, ये भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम हम ऊपर की तरफ ही और इसको थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं यहां से ये हैं। एक चैनल हमारी ये क्रिएट हो गई अब देख लीजिए आप आप भी कहोगे यार कैसे आदमी से पड़ा है। लाएने, लाएने की तरह और और कर दिया भाई ने कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार तो देखिए समझ में तब आएगा जब मैं समझाऊंगा मेरा डायरेक्शन है तो मैं ही समझाऊंगा अब इस चैनल को मैं कर देता हूं ग्रीन ब्लैक कलर है ग्रीन दिखाई नहीं दे रहा चलो ग्रीन ही रहने देते हैं थोड़ी सी मोटी कर देते हैं तो दिख जाएगी यस yes, ये दिखे ना शानदार चांदा तो अब ये इतनी चैनल्स के अंदर देखिए ये वाली जो चैनल है इसका आपको कोई लॉजिक नहीं रह जाता मैं इसे डिलीट मार रहा ये लीजिए एक चैनल है क्योंकि अब उस चैनल का कोई रोल नहीं है वो खत्म हो चुका है इसके नीचे वाली जो चैनल है इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है ये एक चैनल है जिसमें ये मोमेंट इसके हावर्ली मोमेंटम को हम देखते हैं और हावर्ली के साथ साथ डे मोमेंट को भी देखते हैं तो अब ये हमारे पास एक चैनल तो निकल के आ रही है वाली ये हमने लंबी वाली चैनल क्रिएट की थी वो किस की थी वो हमने की थी भाई इस डायरेक्शन के लिए डब्ल्यू डायरेक्शन तो ये डायरेक्शन चैनल थी बट अब कौन सी चैनल है अब चैनल जा रही है हमारी ये और ये डेस वन एंड डेस वन देख रहा कुछ? जाट। जाट है कुछ जेड ये जेड चैनल है टक देखना ना एक दो तीन तीनों बिल्कुल मिल गए ये भी मिल रहा है तो ये हो गई हमारी जैक चैनल जैक चैनल क्या काम करेगी ये देखिये अब ये इस जगह पहुंच करके यहां से एम बना सकती है जो आजकल मार्केट में हो रहा है मार्केट क्या कर रहा है वो थोड़ा सा ऊपर गया बाको ऊपर को नीचे मार्केट कर क्या रहा है यार चलिए